बंदे का तो पेड़ दिख रहे हैं पर बंदा कहाँ पर है अपन को पता नहीं चल रहा मर मर है मेरे को, मतलब मेरे को लगा, तो वाट लग जाएगी पर तेसे और ऊपर से आंदे मतलब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा बम डालेंगे यहाँ पर पहले तो रुक जा रहे फस गए मोबाइल फस गए बोस् वाले मोबाइल अपन का ऊपर से हैंग होते जा रहा और ये क्या हो रहा है अपन को नहीं पता चल रहा ठीक करने दो पहले मोबाइल से नहीं तो बंदे अपन की वाट डालेंगे वाले यहाँ से भागने ही दो नहीं तो अपुन की मतलब यहाँ पर खटिया खड़ी होने से कोई बचा नहीं सकेगा अपुन को और ये क्या हो रहा है नीचे जा चूती है यहाँ पर बंदे बहुत सारे देखो एक और आ पूरा पूरा खोपड़ी में इसके छेद कर दिया भाई